हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपको हमारे चैनल सी टेड प्रिपरेशन बाई उमेश्वर के द्वारा तो आज हम आप लोगों के लिए गणित के पैडागॉजी का क्वेश्चन लेके आए हैं तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं करेंगे सबसे पहले पहला क्वेश्चन है गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है गणित क्या है सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है तो आपके पास ऑप्शन है रोजर बैंकन ने कहा था हैमिल्टन ने कहा था प्लूटो ने, ने कहा था या रशेल ने कहा था यह कथन किसका है गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है यह कथन किसका आपके पास ऑप्शन है रोजर बैंकन ने हेमिल्टन ने प्लूटो ने या रशेल ने तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रोजर बैंकन ने इसका आंसर जो हो जाएगा रोजर बैंकन ने कहा है कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है दूसरा क्वेश्चन है गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का प्रयोग होता है क्या कहते हैं गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है पहला ऑप्शन है आत्मविश्वास का दूसरा है तार्किक सोच का तीसरा है विश्लेषक का और चौथा इनमें से कोई नहीं का है गणित के अध्ययन गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है तो आपके पास चार ऑप्शन है आत्मविश्वास तार्किक सोच विश्लेषक सोच एवं इनमें से सभी तो गणित से जो है बच्चे के विकास में जो है सभी प्रकार के विकास होते हैं पहला है आत्मविश्वास तार्किक विश्लेषण इनमें से सभी इसका आंसर ये हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसके में प्रयोग होता है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है आगमन विधि में निगमन विधि में संश्लेषण विधि में या विश्लेषण विधि में ऑप्शन है आपके पास चार आगमन निगमन विश्लेषण एवं संश्लेषण चलिए इसका आंसर स्कैंसर स्कैंसर हो जाएगा आपको ये निगमन विधि में जो है सामान्य से विशिष्ट का जो है सिद्धांत काम करता है क्वेश्चन नंबर चार में क्या है कि गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों का सहायता लेते हैं गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों का सहायता लेते हैं आपके पास चार ऑप्शन हैं संश्लेषण विधि विश्लेषण विधि आगमन विधि एवं निगमन विधि क्वेश्चन था गणित में किस विधि के में हम प्राय सूत्र एवं नियमों का सहायता लेते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा निगमन विधि में जो है हम प्रायः सूत्र तथा नियमों का सहायता लेते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच में है कि गणित वह भाषा है जिसमें से परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिखा दिया यह कथन किसका है गणित हुआ भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया आपके पास ऑप्शन है ग्लेलियो राफेल प्लेटो या हैमिल्टन। ये चार वैज्ञानिक थे और इसमें से एक का कहना है कि गणित वाषा जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को जो है लिख दिया तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ग्लेलियो इसका आंसर क्या हो जाएगा ग्लेलियो क्वेश्चन आंसर सॉरी क्वेश्चन नंबर सिक्स जो विद्यार्थी जयामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते यह कथन किसका है जो विद्यार्थी जयामिति नहीं समझ सकते वह इस विद्यालय में नहीं आ सकते हैं किसका कथन अरस्तु का हर्बर्ट का प्लोटो का या हेमल्टन का तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी प्लोटो का कहना है कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते हैं क्वेश्चन नंबर सात क्या है खेल विधि के जन्मदाता कौन है खेल विधि के जन्मदाता कौन है फ्रोवेल है डाल्टन है मॉन्टेसरी है या सिगमन फ्राइड है क्या है खेल विधि के जन्मदाता कौन है फ्रॉवेल है डाल्टन है मॉन्टेसरी है या सिगमन फ्राइंड है तो खेल विधि के जो जन्मदाता थे वो जो थे आपको फ्रॉवेल को खेल विधि के जन्मदाता कहा जाता है क्या है उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है मंदबुद्धि बच्चों के लिए पिछड़े बच्चों के लिए सामान्य बच्चों के लिए या इनमें से सभी के लिए क्या उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत किस प्रकार के बच्चों के लिए होते हैं तो जो है वो जो है सभी बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत पड़ती है चाहे मंदबुद्धि हो चाहे पिछड़ा वर्ग हो चाहे सामान्य बालक सभी के लिए जो उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत पड़ती है क्वेश्चन नंबर नाइन है गणित कि भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है गणितीय सूत्र का गणितीय संकेत का गणितीय संख्याओं का या इनमें से कोई नहीं क्या गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है तो इनमें से किसी का नहीं यानी कि सबका प्रयोग किया जाता है निम्न से गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है तो इनमें से कोई नहीं क्या कहते तो हैं छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा या वाद द्वारा विवाद द्वारा मौखिक कार्य द्वारा लिखित कार्य द्वारा या अभ्यास के द्वारा क्या है छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा या वाद विवाद द्वारा मौखिक कार्य द्वारा लिखित कार्य द्वारा या अभ्यास द्वारा तो जो छात्र जो है गणितीय शिक्षा में जो है वो आपको मौखिक कार्य द्वारा जो है गति प्राप्त कर सकता है गणित का भौतिक संबंध कहलाएगा गणित का भौतिक संबंध किससे है गुणांक से है पारस्परिक से है एकिक से है या इनमें से किसी से नहीं है गणित का क्या कर भौतिक संबंध किससे कहलाता है तो गणित का भौतिक संबंध जो है गुणांक से होता है उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो जब तक छात्र रुचि न ले जब तक विद्यालय में समय मिले जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में नहीं चला जाए उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए तो उपचारात्मक शिक्षा की प्रक्रिया जो है आपको जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो जाए तब तक चलते रहना चाहिए गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था क्या है गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था क्या है तो मानसिक कार्य है मौखिक गणित है लिखित कार्य है यह उपरोक्त में से सभी है तो क्वेश्चन क्या है गणित का प्रारंभिक कार्य क्या है तो मौखिक गणित है क्या है सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज में समझ नहीं आ सकता सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ नहीं आ सकता यह संबंध है पारस्परिक संबंध है एकिक संबंध है गुणांक संबंध है या इनमें से कोई नहीं है क्वेश्चन कह रहा है कि सरल ब्याज सीखे बिना चक्रविद्धि ब्याज समझ नहीं आ सकता यह एक है।, क्या है यह एक पारस्परिक संबंध है क्या यह एक पारस्परिक संबंध क्वेश्चन नंबर 15 सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है विषय वस्तु को रोचक बनाकर विषय वस्तु को मनोरंजक बना कर, कक्षा में अनुशासन ढंग बनाकर या उपयुक्त सभी ढंग से क्या सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुँचाती है तो किस प्रकार लाभ पहुँचाती है तो यह सभी प्रकार से लाभ जो है सहायक सामग्री जो है गणित शिक्षण अस्था, में स्थायित्व मिलता है गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है ऑप्शन है आगमन विधि निगम विधि विश्लेषण विधि या संश्लेषण विधि तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को बता दे रहे हैं इसका आंसर हो जाएगा आगमन विधि जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व तो मिलता है उसे हम लोग आगमन विधि कहते हैं क्या पूर्व दर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है कहते हैं विधि युक्ति प्रविधि या उद्देश्य क्वेश्चन है पूर्व दर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं ऑप्शन है, है विधि युक्ति प्रविधि या उद्देश्य तो इसको हम लोग उद्देश्य कहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं उद्देश्य कहते हैं क्या मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन है मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें एकाग्रता बढ़ती है क्रम बढ़ती है स्वावलंबन की भावना का विकास होता है स्वच्छता एवं शुद्धता आती है क्वेश्चन था कि मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए बता दो तो इसका आंसर हो जाएगा ये एकाग्रता बढ़ाती है क्या है मौखिक गणित शिक्षण जो है लाभदायी होता है क्योंकि इससे एकाग्रता बढ़ती है छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए एक है मनोरंजन एवं खेल संबंधी दूसरा है रटने का तीसरा है आगमन का और चौथा है निगमन का तो इसमें जो है मनोरंजन एवं खेल संबंधी क्वेश्चन था छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए मनोरंजन एवं खेल संबंधी होना चाहिए अगला क्वेश्चन है अवेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है कथा है अवेकश का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है पहला है गिनती सिखाने में दूसरा है लिखना सिखाने में तीसरा है वाचन कराने में और चौथा जो है आपको हस्तलेखन सिखाने में पहला है गिनती सिखाने में दूसरा है लिखना सिखाने में तीसरा है वाचन सिखाने में और चौथा है हस्त लेखन सिखाने में क्वेश्चन था अवेकष्ट का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को बता दे गिनती सिखाने में इसका आंसर क्या हो जाएगा गिनती सिखाने में चलिए अगर आप यहाँ तक आएँ अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले लाइक करे दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक यू धन्यवाद